आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूपीएससी की यूपीएससी से, से बड़ी हुई बड़ी जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है वैकेंसीज है रिक्वायरमेंट हैं जो कि आप सभी तक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी है क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दुबाना ना बोलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ होते हैं नॉलेजल टेस्टिंग होने वाला आप सभी के लिए तो एक बड़ी अपडेट है दोस्तों यू पी जुड़ी हुई यूपीएससी के अंदर एडमिट कार्ड हैं रिलीज़ कर दिए गए हैं दोस्तों तीन पोस्टों के लिए एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं अब अभी अभी, अभी बड़ी अपडेट है जो आई है नोटिफिकेशन है जो कि आप सभी तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अपडेट है एडवर्टिजमेंट नंबर 721 तो पोस्ट का नेम है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल की यहाँ पर पोस्ट है वैकन्सीज हैं यहाँ पर तीन सौ पोस्ट है यहाँ पर रहने वाली है सैलरी पेज स्केल आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए तक देखने को यहाँ पर मिलेगा ठीक है दोस्तों और लास्टेट रहेगी अप्लाई करने के उनतीस जुलाई दो तक आपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो इस फॉर्म के एडमिट कार्ड हैं वो लीव कर दिए गए हैं तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फ़िल किया था तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और मेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ आप देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आपको 208 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी तो प्रिंसिपल फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सौ वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं और अगर आपने फॉर्म फ़िल किया है तो सभी कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड जाकर अभी डाउनलोड करें जो लिंक है जो एक्टिव है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लिंक को दे दूँगा तो आप वहाँ से जाके भी आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर 50 साल तक के कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया था तो ये एक इकलौता दोस्तों एक ऐसा फॉर्म है यूपीएससी का जो इतनी एज तक के, के लिए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैलिडेट करा गया है ठीक दोस्तों तो बहुत ही कम चांस रहते हैं इस फॉर्म के एक्टिव होने के और बहुत समय बाद ये फॉर्म एक्टिव होता है तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है तो वो सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें वेट ना करें ठीक दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं 10 जुलाई तक फॉर्म फिल किया था आपने और फीस पेमेंट फीस यहाँ पर पच्चीस रुपये आपने यहाँ पर पेमेंट फीस खरीदी सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लेते हैं सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 75% फाइव मार्क्स का इंटरव्यू होगा होगा आपका 25 मार्क्स पच्चीस परसेंट मार्क्स का उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा दैन आपका मेडिकल होगा उसके बाद जो फाइनली आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो है जो यू के